नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ ईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखता हूँ परेशान रहते हैं इंप्लॉज बदल नहीं रहे उनके प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है कैसे उनको बदला जाए इसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट उनके अंदर परिवर्तन कैसे लाया जाए चेंज लीडरशिप पर कृष्ण ने बैटल में जहां पे धूल है शोर है मिट्टी है तूफान है इतना शोर हो रहा है शंक बच चुके हैं तीर चल रहे हैं वहां पे चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके दिखाया कैसे किया कौन से श्लोक में किया जाना चाहेंगे डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम या वन परसेंट बेटर दो अलग चीजें वन परसेंट बेटर इधर डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम इधर क्या होता है कृष्ण ने कहा बताया आप जानते हैं कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान चलाता है जो इंप्लॉई की प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती जो गलत काम करता है जो चीटिंग करता है जो काम ढंग से नहीं करता उसके लिए पी चलाते हैं इंप्रूवमेंट प्लान और फिर भी नहीं होता तो उसको बाहर निकाल देते हैं जानना चाहते हैं इसके बारे में टू बिकम बेटर के लिए कुछ नहीं करना पड़ता अपने आप ही गंदे हो जाते हैं बट टू बिकम बेटर तो आ, अर्जुन के लिए भगवत गीता सब लोग कहते हैं अर्जुन से बोली है गीता नहीं अर्जुन के लिए नहीं है हमारे लिए है। हमारे लिए नहीं मेरे लिए है। ये गीता कृष्ण ने मेरे लिए बोली अर्जुन तो एक माध्यम थे आप जानना चाहेंगे कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आते हैं उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है इसलिए कहते हैं कि शास्त्र उठाओ शस्त्र मत उठाओ हा? शास्त्र उठाओ क्योंकि तो जो पढ़ता है वो कभी नहीं लड़ता है और कभी नहीं अकड़ता है कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारा, अलग अलग नामों से पुकारा जैसे पार्थ है गांडीवधारी है परन है सब्यसाची है कौंते है ये नाम कृष्ण ने क्यों पुकारे इसके पीछे एक लीडरशिप की टेक्निक थी इसके पीछे कृष्ण की एक स्ट्रेटजी थी कब कृष्ण कौन से नाम से पुकारते हैं और वो कौन सी लीडरशिप स्ट्रेटेजी है आ? इसे क्या कहते हैं इसको अप्रिशिएटिव इंक्वायरी यह स्ट्रैटेजी का नाम मैंने यही खोल दिया पर आइएगा इवेंट के अंदर कृष्ण ने कैसे कर्क पैट्रिक मॉडल 5000 साल पहले इस्तेमाल कर लिया था बावन साल पहले कर्क पैट्रिक मॉडल इस पृथ्वी पे 50 साल नहीं हुए आए हुए कृष्ण ने 5000 साल पहले इस्तेमाल किया मिल जाएगा जीवन को मिल जाएगा जीवन का पूर्ण आधार अगर ज्वाइन कर लिया ये वेबिनार कृष्ण ने सुदामा के साथ सर्वेंट लीडरशिप के प्रिंसिपल्स कैसे प्रैक्टिस किए थे देखिए मेरे साथ आप किसी भी शहर से जुड़ सकते हैं बिहार यूपी या गुजरात पर याद रखना एक ही बात इस वेबिनार का नहीं है कोई रिपीट टेलीकास्ट संडे को 12 से 2, उसके बाद वेबिनार हट जाएगा आपको तो पता है देखो पहले भी ना ये टाइम प्रूवन है पहले भी हमने ऐसे वेबिनार्स किए हैं जब भी हम ऐसे वेबिनार करते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है और इस बार ऐसा ना हो कि मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के सबसे हाइस्ट क्वालिटी के कंटेंट को आप मेस कर जाएँ फ्री में है क्योंकि मैं फ्री में कभी कभी देता हूँ टैलेंट प्रोग्रेशन तो हम सब जानते हैं एच के अंदर टैलेंट को ऊपर कैसे बढ़ाया जाए कॉरपोरेट टैलेंट को ऊपर लेके जाते लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में भी टैलेंट प्रोग्रेशन हुआ था और कृष्ण ने इसके बारे में कौन सा श्लोक बोला है जामवंत ने भी टैलेंट प्रोग्रेशन किया रामचंद्र ने भी किया कृष्ण ने भी किया वो टैलेंट प्रोग्रेशन वो सारी चीजें हमारे शास्त्रों में पुराणों में दी है आपके सामने रखने वाला हूं लॉर्ड रामचंद्र ने पहली बार नवरत्न बनाए थे अकबर ने बाद में बनाए थे कैसे बनाए आप जानना चाहेंगे स्कॉन के फाउंडर शिलुपाद सात डॉलर हाथ में लेके बल्कि पांच डॉलर हाथ में लेके उस समय के चालीस रुपए सत्तर कंट्रीज के अंदर कैसे अपना एक्सपेंशन किया कृष्ण ने एक और मॉडल समझाया ट्रस्ट का ए बीसीडी एबिलिटी बिलीवेबिलिटी कनेक्टेबिलिटी डिपेंडेबिलिटी क्या है ये जानने के लिए आइए 20 जून को हमारे साथ दोपहर बारह से दो बजे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं बिजनेस योगा विद भगवत गीता देर इज नो सैटिस्फैक्शन विदाउट एक्शन इसका ई e सर्टिफिकेट भी आप सबको दे रहे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जाइए लिंक पे क्विकली रजिस्टर कर लीजिए एक मिनट लगेगा आपको डिटेल हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे एस पे भेज देंगे पर लिंक रजिस्टर कर लीजिए अगर आप चाहते हो जीवन में खुशियों की भारमार मत भूलना जॉइन दिस वेबिनार पर एक ही बात नो रिपीट टेलीकास्ट अगर आप चाहते हो जीवन में खुशियों की भरमार देखो गीता से मिलेगा बिजनेस का ज्ञान साथ में रखकर बैठना पेन कॉपी और खाने का सामान बीच में नहीं उठना है <laughs> बाल में मत कहना कि समझ में नहीं आई बात क्योंकि इस वेबिनार का नो रिपीट टेलीकास्ट आ जाएगी आपकी तरक्की में रफ्तार अगर ज्वाइन कर लिया ये वेबिनार बारह से दो फाइनली बता रहा हूं अब शायद रिपीट नहीं करूंगा आपको बताने के लिए आपको आना है संडे के दिन सारे काम बंद कर दो भैया संडे को नींद पूरी करके बैठना है ऐसा ना हो झपकी लग जाए बीच में मोबाइल पे देखो लैपटॉप पे देखो कैसे भी देखो लिंक आपको मिल जाएगा इसी के साथ आपको जब ज्वाइन करना है वेबिनार कब करना है आने वाले रविवार इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करने के लिए मेरा इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है इसके बाद भी नहीं है इस वीडियो में मैं यहाँ कोई कोर्स भी सेल नहीं करने आ रहा हूँ ये जेनुअन मेरा एक अटेम्प्ट है सिंसियर अटेम्प्ट है हमारे आ, आ, सारे रियल ज्ञान को आप तक पहुँचाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद